कैलाश पर्वत को आप कितना जानते हैं वैसे जितना भी जानते होंगे लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि की उन्नीस में, में रसिया के एक डॉक्टर ने ये ध्यान लिया था कि वो कैलाश पर्वत के रास खोल देगा और अपनी टीम जिसमें वेल एक्सपीरियंस भू और इतिहास के एक्सपर्ट शामिल सहित सबको लेके निकल पड़े कैलाश पर्वत उसके बाद कुछ महीने रिसर्च में निकाले और बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई उन्होंने कहा की ऐसा पॉसिबल ही नहीं है की कुदरत ऐसा सेमेट्रिकल रचना बनाए उनके हिसाब ऐसी कैलाश पर्वत एक मेन मेड पिरा है जो की प्राचीन समय के एडवांस लोगो ने बनाया था जिसको इसके से निकलने वाली सुषमा ऊर्जा का पूरा ज्ञान होगा अपने रिसर्च में उन्होंने अजीब दो घटनाओं के बारे में बताया उन्होंने बताया कि रात की खामोशी में इस पहाड़ के अंदर से अजीब सी गैस्मिक आवाज निकलती थी, थी जिसमे साफ साफ सुना जा सकता था और एक रात तो हम सब ने पत्थरों के गिरने की आवाज़ भी सुनी जो बिना किसी शख्स ऐसी इस पहाड़ के अंदर ऐसी आवाज आ रही थी जो ये बताते है की पहाड़ के अंदर कुछ तो अजीब चल रहा है चाइना ने इस रिपोर्ट को हाथों हाथ खारिज किया और दो में कैलाश पर्वत की चढ़ाई आरोप पूरी तरीके ऐसी रोक लगा दिया जो की बेहद अजीब था